नमस्कार स्वागत अभिनंदन दैनिक राशिफल के इस कार्यक्रम में 6 सितंबर दिन शुक्रवार का राशिफल मेष से लेकर के मीन राशि वालों के जातकों के लिए क्या सौगात लेकर के आया है इस पर हम चर्चा करेंगे तथा साथ ही साथ बताएंगे कि आज का पंचांग क्या कहता है तो दर्शकों आज के पंचांग के अनुसार जो कि पांच अंगों से मिल करके बना होता है और ये पाँच अंग है तिथिवार नक्षत्र योग करण इनमें से यदि कोई भी अंग कम है तो पंचांग पूर्ण नहीं रहता है बल्कि अपूर्ण कहलाता है तो विक्रम संवत दो हज़ार छिहत्तर सख इस समय दर्शकों जो पक्ष चल रहा है भादो मास का शुक्ल पक्ष है और जो शुक्ल पक्ष की तिथि रहेगी दर्शकों अष्टमी तिथि रहेगी शाम को बीस बजकर तिरालीस मिनट तक की इसके उपरांत नौमी तिथि लग जाएगी अष्टमी तिथि के बारे में हमने आपको बताया था कि नारियल का सेवन नहीं करना चाहिए ना ही नारियल का दान करना चाहिए और जो नौमी तिथि होती है तो नौमी तिथि में काशी फल जिसको हम कद्दू पूर्वांचल में कोहड़ा भी कहा जाता है इसके नाम से जानते हैं तो कद्दू का सेवन किसी भी रूप में नहीं करना चाहिए और यदि आप ब्राह्मण कुल में जन्मे हैं तब तो बिल्कुल भी कद्दू का सेवन मत करिएगा नक्षत्र जो रहेगा अनुराधा नक्षत्र रहेगा इसके उपरांत ज्येष्ठा नक्षत्र आ जाएगा योग रहेगा विष्कुंभ इसके उपरांत प्रीति योग होगा करण जो रहेगा ये वृष्टि है इसके उपरांत भव है और अंत में बालो करण रहेगा चंद्रदेव अपनी निचस्थ राशि वृश्चिक राशि में चलायमान रहेंगे सूर्योदय और सूर्यास्त के ऊपर प्रकाश डालते हैं तो सूर्योदय होगा प्रातः 5 बजकर इक्यावन मिनट 13 सेकंड पर और सूर्यास्त होगा शाम को 6 बजकर 18 मिनट पर दर्शकों राहु काल की बात कर लेते हैं राहुकाल एक ऐसा समय होता है एक ऐसा टाइम पीरियड होता है कि उस दौरान आप लोगों को कोई भी शुभ कार्यों को नहीं करना चाहिए तो राहुकाल का समय रहेगा प्रातः दस बजकर इकतीस मिनट से और शाम को बारह बजकर पाँच मिनट तक की मतलब शाम का मतलब हो गया कि दोपहर बारह बजकर पाँच मिनट तक की वाला स रात मत समझिएगा तो सुबह दस इकतीस से दोपहर बारह बजकर पाँच मिनट तक की राहु काल में शुभ कार्यों को मत करिएगा शुभ कार्यों को यदि करना होगा तो हम आप लोगों को अभिजीत मुहूर्त बता रहे हैं ग्यारह बजकर चालीस मिनट से बारह बजकर उनतीस मिनट तक का जो समय रहेगा दोपहर में ये अभिजीत मुहूर्त का रहेगा और यदि शुभ कार्यों को करना हो तो शाम को सात मिनट से नौ मिनट के बीच भी कर सकते हैं दर्शकों ये तो था हमारा पंचांग पंचांग के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं राशि फल पर लेकिन एक चीज़ बताना भूल गए हैं और वो है दिशा तो दिशास जो रहेगा आज का ये रहेगा पश्चिम दिशा की और शुक्रवार को पश्चिम दिशा की ओर यात्रा नहीं करनी चाहिए अब यदि करना पड़ जाए तो दही और मिश्री का सेवन कर लीजिए मक्खन का आप लोग सेवन कर सकते हैं इसके उपरांत यात्रा कर सकते हैं और डायरेक्ट पश्चिम दिशा में ना जा करके चार पग आप पूर्व दिशा में चलिए तद उपरांत पश्चिम दिशा में चलिए राशिफल पर दर्शकों चलिए आगे बढ़ते हैं राशिफल में हमारी जो पहली राशि आती है ये आती है मेष राशि कैसा रहेगा मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन लेकिन दर्शकों वार्षिक राशिफल भी हमने मेष राशि का डाल दिया है आप लोग जा करके हमारे चैनल की प्ले में देख सकते हैं मेष राशि के जातकों आज आपका दिन बढ़िया रहेगा आप आज जो भी काम शुरू करेंगे उसे कम समय में ही पूरा कर लेंगे आपकी कल्पना शक्ति आपके लक्ष्य प्राप्ति में सहायता जो है सिद्ध करती हुई दिखाई पड़ रही मानवीय जरूरतों को ध्यान में जो है आज रखना लाभकारी रहेगा लेन देन के लिए आज का दिन काफ़ी अच्छा रहने वाला धन लाभ आज आपको अच्छा होगा जीवन साथियों की आज उपलब्धि से मन आपका बड़ा प्रसन्न रहेगा दांपत्य संबंधों में या दांपत्य जीवन में आपके मधुरता आती हुई दिखाई दे रही है कई दिनों से रुके हुए काल मेष राशि के जातकों के आज पूर्ण होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं स्टूडेंट्स को पढ़ाई लिखाई में सफलता मिल सकती है कोशिश कीजिएगा कि आज गाय को आप लोग जो है रोटी और बताशा रखकर जरूर खिलाइए। शुभ कलर रहेगा व्हाइट शुभ अंक रहेगा छह शुभ दिशा आपकी रहेगी पूर्व दिशा राशि तो राशि के जातकों आप लोगों का भी वार्षिक राशिफल हमने डाल दिया है आप लोग देख सकते हैं कारोबारी वर्ग को विशेष लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है छात्रों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है कैरियर में कोई बहुत बड़ी सफलता आज आपको हासिल हो सकती है अगर आप किसी जरूरी काम को पूरा करने की सोच रहे हैं तो वो काम आज आपका पूर्ण हो जाएगा वृषभ राशि के जात को विवाहितों के लिए कोई शिकायत नहीं रहेगी अपना काम छोड़कर आज दूसरों की मदद करने का आपके मन में भाव आएगा कोशिश कीजिए कि आज के दिन ललिता सहस्त्र नाम का आप लोग पाठ करिए सफलता और माँ लक्ष्मी दोनों ही आपके जो है जेब में होंगी शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा व्हाइट शुभ अंक आपके लिए रहेगा दो शुभ दिशा आपकी रहेगी पूर्व दिशा मिथुन राशि जैमिनी कैसा रहेगा आज का दिन तो आज आपका दिन पहले की अपेक्षा अच्छा रहेगा परिवार वालों के साथ किसी नए ट्रिप का प्लान बना सकते हैं किसी मांगलिक उत्सव में भी आज आप लोग शामिल हो सकते हैं जीवन साथी के साथ किसी विषय पर लंबी बातचीत और बहस हो सकती है जिससे आपके रिश्ते में थोड़ी बहुत तल्ख मिजाजी देखने को मिलेगी दोस्तों के साथ कहीं बाहर घूमने का प्लान बना सकते हैं आज आपकी मुलाकात किसी ऐसे व्यक्ति से हो सकती है जिससे आपको भविष्य में फायदा हो सकता है किसी खास काम में आज आपको सफलता प्राप्त होती हुई दिखाई दे रही है आपके मन में आज आज कोई नए नए और बहुत ही जो है टेक्निकल विचार आते हुए दिखाई दे रहे हैं। उपाय के तौर पर करिएगा क्या? तो आज कोशिश कीजिए कि आप लोग पीपल के वृक्ष पर जाइए और दूध जरूर अर्पण करिए शुभ कलर आपके लिए रहेगा ग्रीन शुभ अंक आपके लिए रहेगा तीन शुभ दिशा आपके लिए रहेगी दक्षिण कर्क राशि के जात को कैसा बीतेगा शुक्रवार का दिन छः सितंबर का दिन आप लोगों का भी हमने वार्षिक राशिफल डाल दिया है आप लोग देख सकते हैं तो आज का दिन मिला जुला रहेगा आज आपका ध्यान कार्य को पूरा करने में लगा रहेगा किस्मत का साथ मिलने मिलने में आज कुछ परेशानी आती हुई दिखाई दे रही है ऑफिस में किसी काम को लेकर के विचार विमर्श करना पड़ सकता है आज के दिन दोस्तों के साथ मेल मिलापट ज़्यादा रहेगा कोई बहुत बड़ी गलती आज आप कर सकते हैं और वाहन वगैरह आज आपको सावधानीपूर्वक चलाना पड़ेगा कोई भी फैसला यदि आप लेते हैं डिसीजन मेकिंग करते हैं तो इसको बहुत ही सोच समझ कर करिएगा अन्यथा आज का लिया हुआ डिसीजन आप बाद में ना पछताएं तो इसको ध्यान में रखना होगा आज करना क्या रहेगा तो कोशिश कीजिएगा कि आ, जो है तुलसी जी पर आपको दूध अर्पण करना रहेगा और श्रीमंत्र का मानसिक जाप करना रहेगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा वाइट शुभ अंक आपके लिए रहेगा सात शुभ दिशा आपके लिए रहेगी उत्तर ग्रहों के राजा अर्थात सूर्य की राशि सिंह राशि कैसा रहेगा आज का दिन तो सामान्य आज, आज आपका दिन बीतेगा आपके मन में किसी बात को लेकर के कोई उत्साह रहेगा कार्य क्षेत्र में अचानक काम का दबाव कुछ बढ़ सकता है आज काम पूरा करने के लिए आपको पर्याप्त समय नहीं मिल पाएगा इसके बजाय आप परेशान होते हुए दिखाई दे रहे हैं तो धैर्य बनाए रहिएगा परेशानी में कुछ नहीं रखा है और सिंह राशि के जातकों यदि आप अविवाहित हैं तो आज आपकी किस्मत चमक सकती है हसीए मत सही बोल रहा है कोई रिश्ता वगैरह आपके परिवार में आज आ सकता है किसी जो है लवमेट से आपकी मुलाकात हो सकती है कोई नया प्रेम संबंध आपके जीवन में इंट्री कर सकता है वहीं का किसी कार्य क्षेत्र में जो है जुड़े लोग आपकी मदद करते हुए नजर आएंगे दिन भर व्यस्तता के कारण आज आपकी थकान बहुत ज़्यादा रहेगी आज करना क्या रहेगा तो कोशिश कीजिएगा कि आज के दिन ललिता सहस्त्र नाम का पाठ आपको भी करना रहेगा और जो है कार्यक्षेत्र पर निकलने से पहले थोड़ी सी मिश्री का सेवन करके निकलिए दिन आपका शुभ होगा शुभ कलर आपके लिए जो रहेगा ये रहेगा रेड शुभ अंक रहेगा पाँच और शुभ दिशा रहेगी पूर्व उत्तर अर्थात नॉर्थ ईस्ट कन्या राशि आज आपका दिन बेहतरीन रहेगा और कामकाज से जुड़ी कोई अच्छी खबर आज आपको मिलेगी आज आपके सोचे हुए कार्य आसानी से पूरे होंगे इसी समारोह में आज आपकी मुलाकात ऐसे व्यक्तित्व से हो सकती है जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खास साबित होगा कन्या राशि के जातकों कारोबार को बढ़ाने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति से आज, आज आपको सुझाव मिल सकते हैं और पैसों से संबंध में कोई गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है आपका इंतजार कर रही है साथ काम करने वाले मददगार रहेंगे किसी कन्या को आज आप उपहार दीजिए कुछ मीठा जरूर खिलाइए खास करके दूध से बनी हुई कोई बर्फी यदि आप किसी जो है दस साल से कम कन्याओं को खिलाते हैं तो आपके ऊपर लक्ष्मी जी आज बड़ी मेहरबान रहेंगे शुभ कलर आपके लिए रहेगा नीला शुभ अंक आपके लिए रहेगा सात और शुभ दिशा रहेगी दक्षिण तुला राशि देखिए सबका वार्षिक राशिफल हमने डाल दिया है आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं और 14 15 सितंबर को दिल्ली आगमन हो रहा है तो जो भी दर्शक दिल्ली से हैं, आप लोग मिलकर के अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं तुला राशि वाले आज आपका दिन ठीक ठाक रहेगा पैसों के मामले में लोगों पर जरूरत से ज्यादा भरोसा करने से आज आपको बचना चाहिए किसी को उधार पैसा देने में सोच विचार करना बेहतर रहेगा आपके कुछ जरूरी कामकाज पूरे हो सकते हैं कोई करीबी व्यक्ति आपको धोखा देने की कोशिश कर सकता है आज आपका खर्च अचानक से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है आपको अपनी आदतों में बदलाव करने की जरूरत है जीवन साथी के साथ किसी धार्मिक स्थल की आज आप यात्रा करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं मंदिर में आज आज आज आप कुछ समय भी और और जो है जी शारीरिक श्रम वहां पर पर आपको देना पड़ेगा धर्म धर्म स्थान स्थान की सफाई करिए दूध का दान आज आपके शुभ दिशा रहेगी पश्चिम वृश्चिक राशि चूंकि चंद्रमा आपकी राशि में ही रहेंगे नीचस्त रहेंगे तो आज आपका ठीक ही रहेगा कोई एलिगेशन आपके ऊपर लग सकता है सामाजिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी व्यापार में साझेदारी से लाभ होगा जीवनसाथी के साथ संबंध मधुर बीते बीतेंगे आज आप चीज़ों को बेहतर ढंग से समझने की कोशिश करेंगे परिवार में सदस्यों के साथ संबंधों में सुधार आएगा जिससे आपके रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी संतान की ओर से आपको कोई सुख प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है कोई गोपनीय बात आज आपको पता चल सकती है दोस्तों के साथ आज आपका समय अच्छा बीतेगा गायत्री मंत्र की एक माला का आप लोग जाप करिए जिससे आज आपके किस्मत के बंद दरवाजे खुलेंगे शुभ कलर आपके लिए रहेगा नीला शुभ अंक आपके लिए रहेगा साथ और शुभ दिशा आपके लिए रहेगी पूर्व राशि सेजिटेरियस क्या कुछ कहता है आज आपका राशिफल तो आज आपका दिन बड़ा आपके जो है सपोर्ट में रहेगा फेवरेबल रहेगा कार्य क्षेत्र को बढ़ाने के लिए आपको नए अवसर मिलेंगे किसी को यदि आपने कोई धन दिया है उधार दिए हैं तो आज आपका पैसा अचानक से वापस मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा जीवन साथी के साथ आज आप बाहर जा सकते हैं और कोई आपके रिश्तों में पॉजिटिविटी आती हुई दिखाई दे रही है कामकाज में आज आपको सफलता मिलेगी किसी व्यक्ति से आज आपको अधिक लाभ होने की उम्मीद दिखाई पड़ रही है आज आपका उत्साह बढ़ा रहेगा भाई बहनों का आज आपको बढ़िया सपोर्ट प्राप्त होता हुआ दिखाई पड़ रहा है वहीं आज घर में अपनी माता के स्वास्थ्य को लेकर के कुछ चिंतित आप होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं पहले से शुरू किए गए कार्य जो हैं, आज आपके जो है पूरे होते हुए दिखाई दे रहे हैं कोशिश कीजिएगा कि आज के दिन लक्ष्मी चालीसा का आप लोग पाठ करिए शुभ कलर आपके लिए रहेगा पीला शुभ अंक आपके लिए रहेगा छः शुभ दिशा आपके लिए रहेगी उत्तर कैप्रिकॉन जी हाँ मकर राशि कैसा रहेगा आज का दिन तो दिन आपका आज ठीक रहेगा यदि आप कोई कार्य एकाग्रचित मन से करते हैं तो आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा लवमेट के लिए आज, आज आपका दिन बढ़िया रहने वाला है साथ ही किसी आज आप अच्छे रेस्टोरेंट में भी जा करके किसी लुफ्त व्यंजन का आनंद उठा सकते हैं आज किसी जिम्मेदारी को अनदेखा करने से आपको बचना चाहिए आज, आज आपकी सेहत ठीक ठाक रहेगी कम समय में आज आप ज़्यादा काम निपटाने की कोशिश करते हुए नजर आएंगे और इसमें आपको आज सफलता भी मिलेगी नौकरी पेशा यदि आप जातक हैं तो उच्च अधिकारियों से आज आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है आज आपको सम्मान की दृष्टि से देखा जाएगा उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो कोशिश कीजिएगा कि आज शाम को तुलसी जी पर आपको घी का एक दीपक जलाना रहेगा शुभ कलर आपके लिए जो रहेगा पिंक शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा चार और शुभ दिशा आपके लिए रहेगी दक्षिण तो हमारी अब सेकंड लास्ट राशि जो आती है एक्वायर्स कुंभ राशि आती है आप सभी लोगों का वार्षिक राशिफल हमने डाल दिया है आप लोग जा करके देखें और दिल्ली में 14 से 15 सितंबर जरूर आकर के मिल सकते हैं कुंभ राशि के जातकों आज आपका दिन बहुत उत्तम रहेगा आपको अपनी मेहनत के आज आपको बेहतर परिणाम मिलेंगे पर्यटन से जुड़े लोगों को धन लाभ होने के योग है आज आप खुद को ऊर्जावान महसूस करेंगे माता पिता के साथ आज आपके संबंध बहुत मधुर रहेंगे आप खुद को किसी रचनात्मक कार्य में लगाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं आज आपका आर्थिक पक्ष काफी महसूस रहेगा आपके काम से आज आपके उच्चाधिकारी वर्ग काफी प्रसन्न रहेंगे आपकी सलाह किसी जरूरतमंद के लिए कोई कारगर सिद्ध होती हुई दिखाई दे रही है रिश्तों के मामले में आज आपका आत्मविश्वास आप बढ़ेगा परिवार में सुख शांति का वातावरण आज रहेगा उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो दुर्गा सप्तशती के सप्तम अध्याय का आपको पाठ करना रहेगा और हो सके तो माँ दुर्गा को आज लाल चुंद्रिया लाल वस्त्र जरूर भेंट करें आपके लिए शुभ कलर रहेगा रेड शुभ अंक रहेगा आपके लिए आठ और शुभ दिशा आपके लिए रहेगी पश्चिम अंतिम राशि पर चलते हैं मीन राशि आती है मीन राशि के जात को आज आपका दिन काफ़ी बेहतर रहेगा आपकी पहले से चली आ रही समस्याओं का समाधान आज निकलता हुआ दिखाई पड़ेगा जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा आज आप सबकी नज़रों में बहुत ही अच्छे बने रह सकते हैं परिवार में धार्मिक कार्य की योजना बन सकती है आज आप अपने जीवन में कुछ अच्छे बदलाव करते हुए दिखाई दे रहे हैं आज आपका व्यवहार जो रहेगा ये बदलाव की ओर रहेगा जो दिशा जो है आपकी हवा चलेगी ये बदलाव की ओर चलेगी रिश्तों के मामले में आज आप लकी सिद्ध रहेंगे कोई आज, आज आपका जो है आपके जीवन में नए शख्स की इंट्री हो सकती है आज, आज आप दूसरों की मदद करने का मौका नहीं छोड़ेंगे जिससे आज आपको कुछ लाभ होता हुआ दिखाई देगा उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो कोशिश कीजिएगा दुर्गा सप्तशती के सिद्ध कुंजिक और तृतीय अध्याय का पाठ करिएगा आपके आपके साथ सब अच्छा होगा शुभ कलर आपके लिए जो काशि तो तो का राशिफल कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताइए और हमारे लाइक आप लोग जरूर करिए दर्शकों यदि अभी तक आप नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बना बेल आइकन दबा सकते हैं मर्जी आपकी है दीजिए इजाजत मिलते हैं अपने एक नए वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार आपका दिन शुभ हो